राधे राधे जय श्री कृष्णा कान्हा जी बोलो ना हमारे माता पिता भाई बहन को सबको बोलो ना मेरा भी सपोर्ट करें जैसे सबका सपोर्ट करते हैं मैंने कहा सबसे कोई मेरी बात नहीं मानी मेरा कोई हेल्प नहीं कर रहा मेरे चैनल कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा मेरे चैनल कोई गुरु नहीं कर रहा है मेरी वीडियो इतनी ख़राब होती है कान्हा जी की हाँ सबको बोलो ना मेरा भी सपोर्ट करें ना सबका सपोर्ट करते हैं ऐसे में आपको तो पता है ना मैं किस काम के लिए आई हूँ सबको नहीं विश्वास होगा मैंने एक काम के लिए आई हूँ आपको पता है ना मैं आठ साल की थी, थी तब से पूजा पाठ करती हूँ और आपको सेवा करती हूँ माता दुर्गा जी का सेवा करती हूँ और मा आपका मंदिर बनाना चाहती हूँ मेरी यही ख्वाहिहिश है मैं दुर्गा मैया का मंदिर बनाना चाहती हूँ हनुमान जी का मंदिर बनाना चाहती हूँ मेरी एक ख्वाहिश थोड़ा कराओ न काना सबको बोलो ना सब फ्रेंड को मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर लें मेरे फैमिली में कितने गरीब गरीब लोग हैं उनका हेल्प करना चाहती हूँ उनको मदद करना चाहती हूँ जो कोई और दिखेगा कोई वाकई में गरीब होगा उसका भी हेल्प करूँगी मैं नए कामों मैं कभी बदलूँगी नहीं मैं जैसे ही हूँ वैसे ही रहूँगी और मैं सब सिर्फ दूसरों की सेवा करूँगी और मंदिर बनाऊँगी मैं अच्छे कामों के लिए आई हूँ सबका सपोर्ट करते हैं सब लोग मेरा कोई हेल्प नहीं कर रहा मैं दो साल से काम कर रही हूँ मेरा चैनल पे कोई व्यू नहीं आता है कोई सब्सक्राइब नहीं करता है मैं बहुत मेहनत करती हूँ मैं जो चाहिए अच्छे-अच्छे वीडियो लाऊंगी कहीं घूमने जाऊंगी अपना डेली का रूटीन दिखाऊंगी मैं मेहनत करूँगी मेहनत करके मैं लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ गरीब लोग मेरे फैमिली में कुछ गरीब लोग हैं आपको पता है कान्हा जी बता तो ना इनका मैं किस लिए आई हूँ मैं फैमिली को हेल्प करूँगी मैं मंदिर बनाऊँगी दूसरों का भी हेल्प करूँगी और सब वीडियो दिखाऊँगी ऐसा नहीं है सबकी हेल्प करूँगी वीडियो दिखाऊँगी मंदिर बनाऊँगी तब भी दिखाऊँगी कोई भी मैं छुपा के नहीं रखने वाली हूँ तो कान्हा जी बोलो ना मेरा भी हेल्प करे तो फ्रेंड देखिए मेरे कान्हा जी कह रहे हैं ना हेल्प कर दो मेरा भी कर दीजिए सबका चैनल ग्रो करते हैं सबको आगे बढ़ाते हैं मेरी भी मदद कीजिए ना। मैं अच्छे काम के लिए आई हूँ दो साल हो गया वीडियो डाउन मोनोमोनीटाइज हो गया है चैनल पर जो नहीं आ रहा है हवा भी नहीं आएगा तो मेरा डी मोनिटाइज हो जाएगा चैनल को दिन में तो फ्रेंड आप सब मेरा भी सपोर्ट कर दीजिए ना हेल्प कर दीजिए मैं ऐसे ऐसे ही रहूँगी जैसे ही ऐसे मेरा पढ़ना बढ़ावा रहेगा कुछ बदलेगा नहीं मैं लोगों को हेल्प करने के लिए आई हूँ मंदिर बनाऊंगी